काफ़ी भाइयों का एक क्वेश्चन था कि सर हमें रोस्टाबोट और रीगर के बारे में बताएं और काफ़ी लोगों का कुछ और क्वेश्चन था कि क्या हम रीगर में फ़र्स्ट टाइम कैसे ट्राई करें तो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर में बताया अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेंबर से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि हम फर्स्ट टाइम रीगर में किस तरीके से आएंगे तो आई होप मैं इस वीडियो में आपको एक वापस रिटर्न में करूँगा कि जब भी आप कोई भी जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको कभी भी फोर्सफुली या किसी के दिखावे की तरफ आपको होकर नहीं किसी साइड पर या कोई काम में नहीं जाना चाहिए जब आपकी कोई मर्जी है या आप चाहते हैं कि मैं यही काम करूंगा और मेरे लिए यही काम पॉसिबल है तो आप उस काम में आपको हाथ ज़रूर डालना चाहिए या नहीं कि जब हम साइड पर गए फर्स्ट टाइम तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेल्डर किस तरीके से काम कर रहा है फेब्रिकेटर किस तरीके से काम कर रहा है या रीगर किस तरीके से काम कर रहा है या ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है तो मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा ये भी करूँगा सारा कुछ को तो हम खुद अपने आप को एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी एक चीज़ पर फोकस ज़रूर करे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो जब आपको फैला फर्स्ट इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपका इम्प्रेशन कहाँ से होगा तो कभी भी इम्प्रेशन होने के बाद बाद आपको एक मेहनत भी करना होता है जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ अगर आप एक रीगर बनना चाहते हैं तो रीगर के बारे में सारी सारा कुछ आपको जानना होगा जानने से पहले आपको उसका प्रैक्टिकल लेना होगा प्रैक्टिकल आपको कहीं साइड पर आपको मिल जाएगा या कहीं आपको हेल्पर बनकर किसी साइड पर जाना होगा जब वहाँ पर आप हेल्पर बन कर तो वहाँ पर आप सारा कुछ प्रैक्टिकल लेने के बाद आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर कोई किरण है किरण के बारे में कुछ मालूम करना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं किसी को पकडूं, वहाँ पर एक घंटा उसी को मैं पकाऊं, पकाने के बाद अरे सर ये क्या है वो क्या है ये क्या है वो भी आपको उतना इम्प्रेस होकर नहीं बता पाएगा इसके लिए कभी भी आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए आपके पॉकेट में एक नोटबुक होना चाहिए नोटबुक के साथ साथ आपको कोई भी सीनियर पर्सन है वहाँ पर आप उसे दो पॉइंट से तीन पॉइंट ज़रूर पूछना चाहिए रोज़ाना या आपको एक दिन छोड़कर एक दिन आपको नोट करना चाहिए थ्री पॉइंट्स कभी भी थ्री पॉइंट्स आप ए, कभी भी इन चीज़ों को नोट करते हैं कोई भी काम का चीज़ को सीखने के लिए आप ज़रूर ज़रूर आप सफल होंगे जिंदगी में और आप इतने अच्छे बन बन जाओगे कि आपको कोई भी जॉब के अंदर हरा नहीं सकता है पहला फर्स्ट आप रोज़ाना थ्री पॉइंट आप नोट करेंगे उसके बाद जो सेकंड है आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल लेंगे प्रैक्टिकल आप इतने अच्छे से लेंगे कि आप सीनियर के सामने खड़े रहकर या सीनियर के सामने आप उनको बोलेंगे कि आप यहां पर मेरे को देखिए और मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं आप हमें रोकिए टोकीय तब जाके आपको सीनियर रोकेगा टोकेगा तब जाके आप एक मजबूत बनेंगे बहुत ईजी ये सब जॉब आप नहीं सीख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग हैं कि हमने सी बनाया और हम रीगर फॉरमन हो गए या रीगर हो गए या कोई और कैटेगरी में हम हो गए या हमारा सिलेक्शन हो गया लेकिन वो इंसान हर जिंदगी में कभी भी वो मुंडी झुकाकर ही रखता है क्यों क्योंकि उसको एक प्रैक्टिकल प्रॉपर नहीं मालूम है जब आप मेरे तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप हमेशा आप एक मंडी उठाकर चलेंगे आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे आप कितना भी कैटिकल लिफ्टिंग हो हैवी लिफ्टिंग हो बहुत इजी तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे वो किस तरीके से जैसा मैं आपको मैं बताया कभी भी आपको एक लर्निंग परपस में होना चाहिए कभी भी इंसानों से जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर, करते हैं कभी भी उसके कम्युनिकेशन के दौरान में कभी भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए जैसे मैं एग्जांपल आज भी मैं साइड पर लोगों को एक परमिशन दे के रखा हूँ कि जब भी आपको रात के दो बजे तीन बजे या चौबीस घंटा कभी भी आप देखे होंगे यूट्यूब में भी एक हमारा यू ग्रुप है उसमें कभी भी कम्युनिकेशन कर सकते हो कभी भी क्वेश्चन आंसर ले सकते हो लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम ही लोग है लेकिन हमा, हमारे पास टाइम नहीं होने के कारण या लोगों के पास टाइम होने के नहीं कारण वो उसमें रिप्लाई उतना जल्दी नहीं दे पाते क्योंकि एक्चुअल में मैं उसको सैलरी नहीं दे रहा हूँ या मुझे कोई सैलरी नहीं दे रहा है लेकिन आपको वहाँ पर जवाब ज़रूर मिल रहा है 24 फोर आवर्स में कभी भी किसी को टाइम मिल रहा है वहाँ पर ज़रूर आपको चीज़ों का जवाब मिल रहा है वो क्यों क्योंकि मैंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करने के आ, मेरा जो ड्यूटी है यहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलना पड़ता है यहाँ पर साइड पर तो इस कारण की वजह से मेरे पास समय नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं 24 फोर आवर्स लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ क्यों क्योंकि पहला फर्स्ट मैं, मैं अगर जवाब दूंगा तो मेरा जो नॉलेज है वो गेन होगा पहला फर्स्ट सेकंड जो है कभी भी क्वेश्चन और आंसर से आपका नॉलेज में कमी नहीं होगा कभी भी ये चीज़ को बात याद रखे उसके बाद कभी भी आप किसी का हेल्प करते हैं उसको जो खुशी मिलती है उसके जो दिल से जो दुआ आता है वो हमें ज़रूर असर करता है अगर वो इंसान ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो वो जरूर आपको दुआ देगा भले वो आपको पूछे ना पूछे कभी भी आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दें उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो अपशोर के लिए जैसे रोस्टाबोट अब आ, रीगर जो जो जॉब करते हैं ये कैटेगरी का तो ये मैं आपको मैं बताऊ कुछ भी जॉब जाए जो भी जॉब में आप काम करना चाहते हैं जहां पर आपको इंटरेस्ट है लेकिन रोस्टोबोट जो ये एक, एक ऐसा जॉब है जैसा आप देखे होंगे आप में जैसे एक ऑयल रिक का जो पाइप होता है जो हम लोग इसको ऑयल रिक के अंदर जो डालते हैं उस पाइप के अंदर जो हेल्पर होता है वो रोस्टाबोट होता है जैसे पाने वाले के साथ होता है टाइट करने के लिए या आ, उसके साथ जो जो भी मटीरियल है उसको लाना उसको मैंटेन्स करना उसको उठाना पुटाना या स्टोर में जमा करना या मटेरियल को रिप्लेस करना या उसको उसके साथ जो हेल्प करना जो टूल पुशर होता है टूल पुशर वाले के साथ उसको हेल्प करना जैसे आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगा कि टूल पुशर किस तरीके से होता है टूल पुशर के साथ जो दूसरा पर्सन है वो रोस्टाबोट है वो उसके साथ आपके साथ एकदम रोबोट के साथ जैसा जो भी काम है उसके साथ करते रहता है उठाना पुठाना जो भी है रीगर का काम करते रहता है तो इसको रोस्टाबोट आप शोर में ये ज़्यादातर यूज़ होता है आई I मीन mean, मैं आपको एक सही तरीके से मैं बता पा रहा हूँ उसके बाद जो रीगर का जो काम होता है वो आप में सेम तो नहीं होता है जैसा रेस्टोबोट के साथ तो नहीं होता है उसके साथ जो आप जो जमीन पर जो काम कर रहे हैं रीगिंग लिफ्टिंग वो उसी तरीके से होता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है डिफरेंट इसलिए होता है आप एक ज़मीन पर खड़े हो जो स्टेबल है बिल्कुल हिलता भी नहीं है वहाँ पर क्या होता है शीप बहुत तरीके से हिलता है वहाँ पर आपशोर का जो रीगर है उसको मस्त आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत ज़्यादा कोर्सेस भी है लेकिन आप ये कमेंट ना करें कि हमें कोर्स करना है हमें बताएं आप कोर्स बिल्कुल करें अगर आपको इस नसीब में लगे अगर आपके तकदीर में लिखा है कि मैं अपशोर में काम कर सकता हूं या करूंगा तो आप ज़रूर करेंगे आप इसमें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को तभी नीचे डाउन करता है जब वो इंसान सोचता है मैं ये करूँगा वो करूँगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो करता है मेहनत करना मना नहीं है मेहनत करो अपने नॉलेज पर बाकी जो आपको जो रिस्क मिलने वाला है जो आपको नौकरी मिलने वाला है वो शायद माथे पे लिखा हुआ है तो कभी भी आपको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है लेकिन मेहनत कभी भी आपको नहीं छोड़ना है जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के सारे टिप्स बताए काफ़ी लोग रीगर फॉरमेन हो गया रीगर सुपरवाइजर हो गया काफ़ी लोग हो गए लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होता है कि काफ़ी लोग रीगर फॉरमेन सुपरवाइजर में आज भी काम कर रहे सक्सेस में लेकिन सक्सेस क्यों है क्योंकि वो अपनी मेहनत को बरकरार रख रहे जब आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर उस रास्ते को हासिल करोगे जो आपकी कामयाबी है तो कभी भी आप मेहनत से दूर नहीं हटना चाहिए और जो मैं नॉलेज के लिए मैं बताया आपको कैसे कैसे नॉलेज गेन करना है और उसके बाद कोई भी आप ऑफ़िस में ट्राई कर रहे हैं उस ऑफिस में कभी भी आप जांच करें कि जांच आपको क्या करना उसका लाइसेंस प्रॉपर है कि नहीं एजेंट के थ्रू कभी भी आपको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी अर्जेंट के थ्रू आपको बिल्कुल भी नहीं जाना डायरेक्टली ऑफिस में आप अपना काम करवा सकते हैं लेकिन वो कैसे क्या कैसे वो उसमें मैं आपका कोई भी हेल्प नहीं करूँगा लेकिन आपको एक सजेशन मैं एक अच्छा सजेशन ज़रूर दूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं इसमें काफ़ी लोगों का नाम ख़राब होता है तो कभी भी आप इस सजेशन को या दूसरे सजेशन में कोई दूसरा आपको सजेशन दे रहे हैं तो आप इसमें ना जाए जब आपको एक सर्टिफिकेशन लगे कि मेरा मैं इसमें जा सकता हूँ ये अच्छा ऑफिस है या आप ख़ुद उसको चेक कर लिए तब आप उसमें ज़रूर जाए ज़रूर जाके आप उसमें ट्राई करें और इंटरव्यू फिल होने के बाद आप जैसे जानते हैं वही हमारा टिप्स आपको हंसते रहना है कभी भी हंसते रहना है और जो इंटरव्यू का जो टॉपिक है उसको वापस रिमैंड करना है वापस इंटरव्यू देना है आपको और सक्सेस तक जाएगा जब आप एक जॉब में जाएंगे जैसे रीगर में फिर नेक्स्ट ईयर में आप फॉर्मेन में ट्राई करो या डायरेक्टली अगर फॉरमेन आप ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल भी नीचे गिर सकते हैं कभी भी आपको स्टेप बाई स्टेप आपको लेना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल सीढ़ी है आपके सामने पहला फर्स्ट स्टेप उसके बाद आप चाहेंगे जम मार के लास्ट स्टेप पर नए ना आप नीचे गिर सकते हैं तो इस तरीके से आप नीचे गिर जाएंगे ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कभी भी आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दें और कभी भी स्टेप बाई स्टेप चढ़ने के लिए सोचे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर जय हिंद